हाय फ्रेंड्स नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर है नवभारती टीचर टर्नल कॉलेज जयपुर तो दोस्तों आज मैं कंप्यूटर के बारे में चर्चा करूंगा यानी कि कंप्यूटर काम कैसे करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर के जो मुख्य आधार स्थल क्या है कंप्यूटर के बुनियादी भाग क्या है कहने का मतलब मेरा यह है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है तो आज का जो हमारा विषय होगा वो क्या होगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है कंप्यूटर काम कैसे करता है कंप्यूटर काम कैसे करता है मतलब यह है कि कंप्यूटर के अंतर्गत मेन आधार स्तंभ क्या है कंप्यूटर के बुनियादी भाग कौन कौन से है तो उनको बारे में जानेंगे यानी उनके बारे में जब हम चर्चा कर लेंगे कि कंप्यूटर के बुनियादी भाग क्या है कंप्यूटर का आधार स्तंभ क्या है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है उनके बारे में हमको पता, इसका पता किस से चलेगा कंप्यूटर काम बुनियादी भाग है उनके बारे में चर्चा करें तब हमको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है तो कंप्यूटर के जो बुनियादी भाग है जो कंप्यूटर के मुख्य भाग है वो पांच माने जाते हैं यानी कि अदा अदा बोले तो इनपुट डिवाइस और दूसरा है प्रदा प्रदा बोले तो आउटपुट डिवाइस और तीसरा है प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है मेमोरी और पांचवा है कंट्रोल यूनिट यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट से तात्पर्य यानी प्रक्रिया इकाई प्रोसेसिंग यूनिट से मतलब प्रक्रिया इकाई और मेमोरी से मतलब स्टोरेज भंडार क्षमता यानी कि कंप्यूटर की जो भंडार क्षमता होती है वह किसमें होती है मेमोरी डिवाइस के अंतर्गत होती है यानी उसको मेमोरी डिवाइस के नाम से जाना जाता है और लास्ट है कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई नियंत्रण इकाई पांचवा जो बुनियादी भाग है कंप्यूटर का वह है नियंत्रण जो कि संपादित सूचनाओं पर नियंत्रण करता है तो सबसे पहले हम जान लेंगे उन पांचों भागों के बारे में जान लेंगे उन पांचों आधार स्तंभों को जान लेंगे और उन, उन पांचों आधार स्तंभ के जो मुख्य भाग है यानी कि जो बुनियादी भाग है वो पांच कौन कौन से होंगे नंबर एक आधार अदा का कार्य होता है इनपुट इनपुट नंबर दो है प्रदाप और प्रदासित कार्य है आउटपुट प्रदर्शित कार्य है आउटपुट और नंबर तीन है मेमोरी। मेमोरी और मेमोरी से तात्पर्य है मेमोरी यूनिट और मेमोरी यूनिट का मतलब होता है एक तरह से मेमोरी स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज और इसका यदि हम इस दूसरा नाम दें तो इसको क्या कह सकते हैं स्मृति संग्रह स्मृति संग्रह इस नाम से जाना जाता है इस तीसरे मेमोरी वाले जो भाग को जाना जाता है स्मृति संग्रह के नाम से और स्प मन, स्मृति संग्रह बोले तो मेमोरी स्टोरेज और नंबर चार है प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया इकाई इसको हिंदी में लिखेंगे प्रक्रिया इकाई और प्रक्रिया इकाई से तात्पर्य है प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट और नंबर पांच है नियंत्रण इकाई नियंत्रण इकाई और नियंत्रण रखाई का मतलब यानी कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट जब हम कंप्यूटर काम कैसे करता है तो उस पर बात करेंगे तो सीधा सीधा संबंध जाता है कि कंप्यूटर की बुनियादी भागो रूपों से यानी कि कंप्यूट के बुनियादी बुनियादी या आधार स्तंभ आधार स्तंभ कंप्यूटर के बुनियादी आधार स्तंभ मुख्य रूप से कितने पांच मुख्य मुख्यतः पांच कंप्यूटर की के बुनियादी आधारित मुख्यतः पांच है पांच तो कौन दो से वो यानी कि नंबर एक अदा यानी कि इनपुट नंबर दो प्रदाप यानी कि आउटपुट और नंबर तीन मेमोरी यानी कि मेमोरी स्टोरेज जिसको हिंदी में क्या कहेंगे इसमें संजह और नंबर चार प्रक्रिया दिखाई यानी प्रोसेसिंग यूनिट और नंबर पांच है नियंत्रण रिखाई यानी कि कंट्रोल यूनिट कहने का मतलब इन पांचों आधार स्तंभ के अंतर्गत कंप्यूटर कार्य करता है इन पांचों प्रक्रियाओं से गुजरकर जो कार्य होता है जो सूचना संपादित होती है वो एक कंप्यूटर का कार्य कहलाती है और कंप्यूटर अपने कार्य करने में सक्षम बन जाता है सबसे पहले बात आती है अदा अदा का मतलब इनपुट इसमें जो मुख्यतः कार्य होता है वो तो क्या होता है कहने का मतलब अदा के अंतर्गत सूचनाओं को संपादित किया जाता सॉरी सूचनाओं को डाला जाता है सूचनाओं को यानी कि जो मुख्यतः सूचना होती है वो कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित की जाती है कहने का मतलब जो सूचनाएं होती हैं उनको कंप्यूटर के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है जैसे एग्जांपल से आप क्लियर कर लेंगे इसको कि जब हम कोई डाटा या सूचना को कंप्यूटर में डालते हैं तो किसके माध्यम से डालते हैं कीबोर्ड के माध्यम से डालते हैं तो कहने का मतलब सूचना जिससे प्रदान की जाती है जिससे सूचनाएं दी जाती है और उसमें वो कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित कर लेता है यानी अदा के अंतर्गत क्या होता है कि वो सूचनाओं को कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित करता है क्या यह कार्य जो है वो किसका है किस डिवाइस का है वो है आधार कहने का मतलब इनपुट डिवाइस का जो मुख्य कार्य है वो यह है कि वो सूचनाओं को कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित कर लेता है अब बात आती है प्रदाता प्रदाता जो मुख्य कार्य है प्रदाता का मतलब है आउटपुट डिवाइस और प्रदाता का जो कार्य है, का है, का का है वो है कि अनुवादित कंप्यूटर भाषा में की गई अनुवादित भाषा को सा, सामान्य रूप से कि प्रचलित भाषा में परिवर्तन करना क्योंकि वो आउटपुट के रूप में देता है जो भाषा है उसमें हमको परिणाम देता है तो जो परिणाम मिलता है तो वो किसके माध्यम से मिलता है प्रदाती के माध्यम से मिलता है आउटपुट के माध्यम से मिलता है और इसका जो कार्य हो जाता है वो क्या हो जाता है कि जो सूचनाएं होती हैं जो अदा के द्वारा सूचनाएं कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित की जाती हैं, उनको पुनः प्रचलित भाषा में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है वो प्रदा डिवाइस होता है सॉरी आउटपुट डिवाइस का होता है और हिंदी में बोलेंगे तो प्रदा का होता है यह जो कार्य है इसका है अब बात आती है मेमोरी स्टोर स्मृति संग्रह सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है कि स्मृति संग्रह कंप्यूटर का वह पार्ट है कंप्यूटर का वह भाग है एक तरह से वो भंडार कक्ष होता है इसमें क्या होता है कि सूचनाएं संग्रहित होती है यानी कि मुख्यतः कंप्यूटर के अंतर्गत जिसमें सूचनाओं का संग्रह होता है भंडार क्षमता होती है वो कंप्यूटर का विभाग होता है वह स्मृति संग्रह कहलाता है कहने का मतलब स्मृति संग्रह वह पार्ट है वह भाग है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाता है संग्रहित रखा जाता है। प्रक्रिया इकाई की जब हम बात करते हैं, कहने का मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत जो चौथा पार्ट है जो चौथा आधार था था, जो बुनियादी भाग है चौथा वह है प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि इसके अंतर्गत सूचनाओं की प्रोसेसिंग की जाती है यानी सूचनाएं संपादित की जाती है इस पार्ट का मुख्य उद्देश्य होता है सूचनाओं हो का संपादन करना क्रियाओं का संपादन करना यह जो कार्य होता है वो किसका होता है प्रोसेसिंग यूनिट का होता है कहने का मतलब प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का वह भाग है जो एक तरह से दिमाग का कार्य करता है यानी कि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो क्या होता है प्रोसेसिंग यूनिट होता है और नेक्स्ट और अंतिम है नियंत्रण दिखाई यानी कि कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट वह भाग होता है वह पार्ट होता है जो कि क्रियाओं को क्या करता है नियंत्रित करता है यानी कि संपादित जो क्रिया होती है कंप्यूटर के अंतर्गत संपादित क्रियाओं को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है वो जो भाग होता है वो क्या कहलाता है नियंत्रण इकाई कहलाता है अब इनको विस्तृत रूप में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की जो बुनियादी भाग वो कार्य जो करते हैं उनका मुख्यतः है। कार्य क्या होता है यानी सभी अपने अपने भाग जो है उनका अपने अपने हिसाब से कार्य होता है अपने अपने तरीके से कार्य होता है और फिर वो कंप्यूटर का काम पूर्ण करते हैं और हैं। और परिणाम परिणाम देते यानी कि क्रिया होने के बाद वो तक जो पहुंचता है तो इन विभिन्न भागों में होकर निकलता है कहने का मतलब आदा प्रदा और कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी स्टोरेज ये सब मिलकर प्यूटर का कार्य करते हैं अब अदाल को जान लेंगे स्पष्ट रूप से कर लेंगे इसको इस, यानी कि अदाल अदा इसको इंग्लिश में कहेंगे इंपोर्टेंट यह है कम कंप्यूटर का वह है भाग होता है यह कंप्यूटर तो का वह भाग होता है जिसमें ये कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सूचनाओं को कंप्यूटर की भाषा में सूचनाओं को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित किया जाता है कहने का मतलब यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सूचनाओं को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित किया जाता है अब यहां बात आती है कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित कैसे किया जाता है यानी कि कंप्यूटर भाषा कौन कौन सी होती है? जैसे लोगो आप कंप्यूटर की भाषा जान लें, लोगो, लेक सब क्या है कंप्यूटर भाषा है तो कहने का मतलब यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सूचनाओं को कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित किया जाता है जैसे है हैं है, कंप्यूटर है? की अब बात आती है दूसरा बिंदु प्रदा जो कंप्यूटर का बुनियादी भाग है आधार उसी प्रकार दूसरा जो बुनियादी भाग है वो है प्रदा और जो प्रदा होता है प्रदा का नाम होता है यानी कि प्रदा और प्रदा को इंग्लिश में कहा जाता है आउटपुट आउटपुट जो अदाम सूचनाओं को मशीनी भाषा में यानी कि कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित किया जाता है उसी प्रकार प्रदा का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है कि आदा द्वारा कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित की गई भाषा को संपादित की गई भाषा को पुनः प्रचलित भाषा में परिवर्तन करने का जो कार्य किया जाता है वो प्रदा डिवाइस का होता है यानी कि आउटपुट डिवाइस का होता है ये जो कार्य है वो किसका है प्रदा का अब इसको ऐसे जान लेंगे कि आदा आदा द्वारा सूचनाओं को आदा द्वारा सूचनाओं को कंप्यूटर अदा द्वारा सूचना को कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित अदा द्वारा सूचना को कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित की गई की गई प्रक्रिया को पुणे यानी अदा द्वारा सूचनाओं को कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित की गई प्रक्रिया को पुणे प्रचलित भाषा में प्रचलित भाषा में पारिवर्तित करके परिणाम देना प्रदान का कार्य होता है कहने का मतलब द्वारा सूचनाओं को कंप्यूटर भाषा में परिवर्तित की गई प्रक्रिया को प्रचलित भाषा में परिवर्तित करके परिणाम देना प्रदाता कार्य होता है अपन यह कह सकते हैं कि जो अदा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस है उसके अंतर्गत मशीनी भाषा में कंप्यूटर भाषा में जो परिवर्तित किया की गई सूचना है उनको पुनः प्रचलित भाषा में कन्वर्ट करना और परिणाम देना ये कार्य होता है वो किसका होता है प्रदा का होता है नेक्स्ट है स्मृति संग्रह जो स्मृति संग्रह होता है उसका कार्य क्या होता है स्मृति संग्रह कंप्यूटर का एक तरह से दिमाग होता है नंबर तीन स्मृति प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या होता है कि जो अदा के द्वारा सूचनाएं जाती सूचना लेकिन संपादन किया जाता है यानी कि सूचना संपादित करने का जो मुख्य स्थान होता है कंप्यूटर का वो के प्रयास इकाई होती है और इसीलिए ये कंप्यूटर का दिमाग तो कहलाता है कहने का मतलब कंप्यूटर का जो दिमाग फैलाने के पीछे इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है कि इसके अंतर्गत सूचनाएं संपादित होती हैं साथ साथ सूचना संपादित होने के साथ साथ यह वह आई है जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग जैसे कार्यों का संपादन भी किया जाता है यानी अनगणित घटनाओं को तुरंत यानी कुछ ही सेकंडों में संपादित कर दिया जाता है वो जो कार्य होता है वो प्रक्रिया के अंतर्गत होता है और वो प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है वो प्रोसेसिंग यूनिट होता है और प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य भाग होने के कारण इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है और इसमें अनगणित घटनाओं को एक साथ किया जा सकता है यानी कि कंप्यूटर अंतर्गत यह भाग प्रमुख मान कहलाता है इसके अंतर्गत यानी कि इसके कंप्यूटर के अंतर्गत यह भाग प्रमुख माना जाता है इसलिए यह भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग आदि विभिन्न अंगना गढ़ना ले जाती जाति है। है? यह है भा मुख्य कंप्यूटर क्रिया को संपादित करता है कहने का मतलब कंप्यूटर के अंतर्गत यह भाग प्रमुख माना जाता है इसलिए यह भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग आदि विभिन्न घटनाएं कुछ सेकंडों में ही संपादित कर ली जाती है अतः यह जो भाग है मुख्यतः कंप्यूटर क्रियाओं को संपादित करता है और मुख्यतः संपादित करने के कारण ही यह जो कंप्यूटर का भाग है वो अति महत्वपूर्ण माना जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद